आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल सपने और हकीकत में आज हम जानेंगे सपने में याक बैल या फिर सांड को देखने का क्या अर्थ होता है जैसे कि हम सब जानते हैं कि गाय को हिंदू धर्म में माता कहा जाता है उसी प्रकार बैल भी नंदी रूप में पूजनीय है बैल को आपने सपने में किस अवस्था में देखा है इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है क्योंकि कुछ अवस्थाएं अगर अच्छी हैं तो कुछ अच्छी नहीं भी हैं जैसे कि यदि आप सपने में काला साण देखें तो यह आपको आपके अपनों द्वारा ही नुकसान पहुंचाए जाने को दर्शाता है यह सपना आपके दुश्मनों का आपके ऊपर हावी होने का संकेत देता है और यदि आप सपनों में बैलों का झुंड देखें या फिर उनकी लड़ाई देखते हैं तो ये भी अच्छा सपना नहीं है यह घर में आने वाली कलह का संकेत देता है तो इस समय में आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए लेकिन यदि आपको सपने में सफेद बैल दिखे तो यह सपना बहुत ही शुभ है आपके जीवन में खुशी के आने का संकेत देता है सोने के सींग वाला बैल यदि सपने में आपको सोने के सींगों वाला बैल जैसे कि सुनहरी रंग के सींग जिस बैल के वह दिखाई दे तो आपकी किस्मत बदल जाने का संकेत देता है और यदि आप शिव भक्त हैं तो फिर तो ये किसी वरदान से कम नहीं है शिवजी महाराज की कृपा आप पर बनी हुई है ये इस बात को संकेत देता है यदि आप एक किसान हैं या फिर एक व्यापारी हैं और आप सपने में बैल को खेत जोतते हुए दिखाई देता है देखते हैं तो यह है आपकी फसल और कारोबार में आने वाली तरक्की को तो दर्शाता है तो भक्तों भगवान का स्मरण करते रहें धन्यवाद